हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं और आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो अब तक पहुंचे जल्द से जल्द पहुँचें और हम लोग आए हैं सुबह से अपने खेत पर जो पहले चार्लों में धान बी थी उनको देखने उसको देखने आए हैं कि कैसी जमनेसन हुआ है कि नहीं हुआ है चलो चलते हैं खेत पे और आप लोगों को भी दिखाते हैं ये रही अपनी बाइक चलो चलते हैं पहुँच गए हैं अपने खेत पे ये देखिए पानी चलता हुआ ये देखिए इसमें पानी अभी लगना है एक ही पानी लगा हुआ है ये रही अपनी बाइक चलो चलते हैं इसमें तो अभी जमनेसन नहीं आया है जो पहले इसके एक दिन पहले जो बूबी हुई थी उसमें देखने जा रहे हैं हम लोग कि उसमें जमनेसन आया है कि नहीं आया है क्या है ये देखिए खेत में पानी भरता हुआ इसमें भुख गई थी बीच में एक दिन लाइट डिस्टर्ब कर गई है तो ये खेत पूरा नहीं भर पाया है ये देखिए सूख गई है जमीन ये खेत भरने के बाद फिर कल से इसमें पानी संग ये देखिए किसान भाइयों अपनी समर सेवेल का प्रेशर इसमें के की मोटर पड़ी हुई है चार इंची सफर है जब मैसन धान का ये देखिए ये हमारी जो है ना ये धान उगी हुई है ये सारी धान है इसके साथ कुछ खरपतवार भी दिख रहे होंगे जैसे कि ये पेड़ खरपतवार का है ये धान है ये धान है ये सारी धान उगने लगी है बहुत छोटी छोटी है अभी दिख नहीं रही है पूरे खेत में देखिए चलो चल के और दूसरे चौकों में देखते हैं आप लोगों को भी दिखाते हैं आज हवा बहुत तेज चल रही है तो विंड ब्लास्ट को तो थोड़ा इग्नोर करें ये देखिए ये सारी धान उगी हुई है धीरे धीरे उगती आ रही है इसी देखिए सारे खेत में ये जहाँ जहाँ पानी थोड़ा ठहर जहाँ जहाँ पानी थोड़ा ठहरता है वहाँ जल्दी जा पाइए देखो अभी यहाँ नहीं होगी धान से रिलेटेड हम आप लोगों को सारी जानकारी देते रहेंगे आप सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहिए ये धान कैसे होती है इसमें क्या क्या होता है सारी जानकारी देंगे फें फेंका वाली धान की ये चार किल्लों में भी हुई थी पहले धान एक एक इसमें एक उसमें एक उसमें एक इस वाले में और उस साइड वाले किल्लों में में भी हुई थी चार किल्लों वीडियो को यही करते हैं आप हम लिए और रही है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ज़्यादा से तो धन्यवाद